दोस्तों कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में फैला जरूर है पर एक राहत है कि ये इतना खतरनाक नहीं है लेकिन चीन वोहान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट नियोकोब को लेकर जो चेतावनी दी है उससे एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में चमकादड़ो में मिलता है और ये इतना खतरनाक है की इसमें हर तीन मरीजों में से एक मरीज की जान जा सकती है लेकिन अब तक ये इंसानों में नहीं फैला है और कोई मरीज भी सामने नहीं आया है क्योंकि ये वायरस सिर्फ जानवरों में ही देखा गया है फिर भी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता आप अपनी तरफ से कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले